सभी सम्मानित दर्शकों नमस्कार स्वागत है आपका मई माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि तुला राशि का मई माह कैसा व्यतीत होगा इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही मई माह को किस प्रकार से और प्रभावी बनाया जाए मई माह में तुला राशि के जातक क्या ऐसा दिव्य प्रयोग करें कि ये पूरा माह उनके लिए भाग्यवर्धक रहे और तमाम उन्नति के मार्ग प्रशस्त करें तो तुला जाति को तुला राशि के जातकों के लिए कौन कौन सा दिन अनुकूल रहेगा कौन कौन सा दिन प्रतिकूल रहेगा इस पर भी प्रकाश डालेंगे आप लोग अपने मोबाइल में वो डेटों के रिमाइंडर सेट करके अलर्ट रह सकते हैं साथ ही तुला राशि के जातकों आप लोगों के लिए आवश्यक उपाय बताते चलेंगे मई माह में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी दृष्टि डालेंगे लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना ये देनी है कि मई माह में हम जो है आप सभी दर्शकों के बीच आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बीस से छब्बीस मई तक गुजरात आ रहे हैं तो जो भी गुजरात से दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और यदि आप लोग मिल के अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्वागत है आपका और देखिए जहाँ समस्या है वहीं समाधान है तो आप लोग यदि मिलना चाहते हैं तो मिलकर विश्लेषण करवा सकते हैं तो दर्शकों चलिए शुरू करते हैं मई माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो एक तारीख दिन बुधवार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस रहेगा दो तारीख गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा चार तारीख शनिवार दिन रहेगी बैसाख अमावस्या दर्श अमावस्या भी इसको बोला जाता है छः तारीख सोमवार चंद्र दर्शन रहेगा जो है सात तारीख दिन मंगलवार अक्षय तृतीया जिसका छय ना हो और परशुराम जयंती और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भी जयंती सात तारीख को ही अक्षय तृतीया के दिन ही पड़ती है देखिए अक्षय तृतीया पे बताए जाने वाले प्रयोग आज हम बताएंगे आप लोगों को कि आपको करना क्या है तुला राशि है तो आप अपने राशि के हिसाब से क्या ऐसा प्रयोग करें कि अक्षय तृतीया आपके लिए धन के भंडार खोल दें नौ तारीख को गुरुवार दिन रहेगा और देखिए इस दिन शंकराचार्य जी की जयंती भी और सूरदास जयंती है ग्यारह तारीख शनिवार दिन है ये गंगा जो है सप्तमी है और बारह तारीख रविवार को दिवस है तेरह तारीख सोमवार को सीता नवमी रहेगी और पंद्रह तारीख बुधवार मोहनी एकादशी जी हाँ दर्शकों मोहनी एकादशी भगवान विष्णु ने मोहनी रूप ले लिया था और समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो मोहनी एकादशी इस दिन है सोलह तारीख गुरुवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा सत्रह तारीख शुक्रवार के दिन नरसिंह जयंती रहेगी अट्ठारह मई शनिवार के दिन बैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी इसको कहते हैं उन्नीस तारीख रविवार को नारद जयंती रहेगी बाईस तारीख बुधवार एकदम संकटी चतुर्थी पड़ेगी और 26 तारीख रविवार के दिन भानु सप्तमी रहेगी 30 तारीख गुरुवार अपरा एकादशी रहेगी 31 तारीख शुक्रवार को प्रदोष व्रत रहेगा और विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी रहेगा तो जो भी दर्शक धूम्रपान इत्यादि करते हैं तो उम्मीद है हमको कि आप लोग जो है छोड़ देंगे चलिए दर्शकों तुला राशि का मई माह कैसा जाएगा बताते हैं तो देखिए तुला राशि के जात को एक से एक तारीख को और दो तारीख को आपको भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे आपका जो लोग विरोध करते आए हैं वो विरोध समाप्त होता हुआ दिख रहा है दान धर्म आपके अंदर की इच्छा बढ़ेगी दान करने की धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव का आयोजन वगैरह हो सकता है 3 मई से 6 मई तक सभी प्रकार जो है आपको यहाँ पर हानि होती हुई दिख रही है तो तीन से छः तारीख तक विशेष आपको सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आपके इनकम में आय में कहीं ना कहीं से गिरावट आएगी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कठिन होगी लेकिन इतनी भी खराब नहीं होगी दांपत्य जीवन में वाद विवाद आता हुआ दिख रहा है हालांकि सूर्य यहां पर उच्च के बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी केतु की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है चूंकि केतु आपके जो है थर्ड हाउस में इस समय गोचर कर रहे हैं तो जो केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है ये कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में आपके विवाद पैदा करेगी पारिवारिक सदस्यों तथा मित्रों के साथ मन तथा वैचारिक मतभेद रहेंगे प्रशासन से भय रहेगा आप कुछ हो सकता है अंदर से आप किसी चीज को लेकर के बड़े आशंकित हों बहुत ज़्यादा भय आपके अंदर रहे आपके शरीर पर जो आभा जो जो कह सकते हैं कि जो तेज है वो निस्तेज रहेगा। आपके अंदर शिथिलता बढ़ेगी यात्राओं तथा व्यवसाय से अपेक्षित लाभ न मिलने के कारण इन नीन दिनों में ही मन आपका बड़ा चिंताग्रस्त हो जाएगा लेकिन 7 मई से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी स्वास्थ्य में सुधार होगा यदि कोई आप लोन चुकाना चाहते हैं तो इस बीच आप लोन चुकाते हुए दिख रहे हैं कोई दुर्घटना आपके साथ यदि होने वाली होगी तो स्वतः उसमें आपका बचा हो जाएगा लेकिन 8 से 14 मई के बीच आपको कोई ना कोई जो है हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो इससे आपको बच के रहना रहेगा वहीं पर बताना चाहेंगे कि कार्यस्थल अथवा तो कार्यभार में आपके परिवर्तन होने का भी ये माह कुछ योग दिखा रहा है आर्थिक कठिनाइयाँ कुछ बनी रहेगी आप किसी को यदि धन दिए होंगे आपको पैसा नहीं मिल रहा होगा स्वयं खुद खुद के जो है इंद्रियों पर आप लोगों को संयम रखना होगा किसी महिला वर्ग के प्रति इस इसम विशेष आकर्षण आप लोगों को रहेगा जीवन साथी के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं वहीं आपकी संतान जो है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है तो संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी उच्च शिक्षा के लिए यदि आपकी संतान ने बाहर के लिए अप्लाई किया है तो वो विदेश वगैरह में जा के दूर की शिक्षा ले सकते हैं आपका जो है हो सकता है आपके ऊपर इस माह कोई जो है अपमान लग जाए या कोई लांछन लग जाए तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा विशेषकर आपको महिला वर्ग से दूरी बना करके रखनी अन्यथा कोई हानि और अपमान आपका हो सकता है 15 से 18 मई के मध्य परिश्रम के अनुकूल कार्यों में सफलता मिलेगी विरोधियों पर आप अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए दिखेंगे रोगों से छुटकारा मिलेगा शासन प्रशासन का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है दांपत्य जीवन का सुख आपको उत्तम मिलेगा इस बीच लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं अट्ठारह मई से मास के अंत तक संतान सुख कुछ बाधित होता हुआ दिख रहा है संतान के दायित्वों की पूर्ति में कुछ बाधा आएगी मन में चिंता आपकी बढ़ेगी कार्यों में असफलता से कुछ आपका मन खिन्न रहेगा विरोधी मुखर होंगे आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति खराब होगी आपकी बुद्धि का जो मतलब चातुर्य है बुद्धि जो आपकी है वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगी क्या करें क्या ना करें इन पर बहुत ज़्यादा आप आशंकित रहेंगे आपका खान बिगड़ेगा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो देखिए दर्शकों कुछ दिन तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ दिन बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हैं इनसे बच के रहना है आपके लिए अनुकूल जो दिवस रहेगा इस माह एक तारीख पाँच तारीख आठ तारीख दस तारीख बारह तारीख इक्कीस तारीख अट्ठाईस तारीख ये जो दिवस रहेगा इस दिवस में आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं लेकिन प्रतिकूल दिन में हम आपको बता दें दो तारीख तीन तारीख चौदह तारीख सोलह तारीख अट्ठारह तारीख तेईस तारीख पच्चीस तारीख उन्तीस तारीख तीस तारीख इन दिवस में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है यदि आप चैतन्य नहीं हुए तो फिर विरोधी आप पर परस्पर हावी होंगे तो आप लोग इस डेट को रेड पेन से बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस माह के लिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेंगे वाइट कलर पिंक कलर ग्रे कलर िल्के सिल्वर कलर स्काई ब्लू कलर ब्राउन कलर ये कलर आपके लिए शुभ रहेगा जिन कलर को अवॉइड करना है आप रेड कलर को बिल्कुल अवाइड कर दीजिएगा आप ब्लैक कलर को बिल्कुल अवाइड करिएगा इवन आप ग्रीन कलर को भी बहुत ज्यादा जो है यूज में ना लाए प्रयोग में ना लाए इनको अवॉइड करते हुए चले चलिए दर्शकों अब हम आते हैं उपाय पर कि माह को आखिर में आप शुभ कैसे बनाएं आप कहेंगे कि पंडित जी ने इतनी परेशानी तो बता दी अब इसका रास्ता भी निकलने का रास्ता भी जो है तो देखिए दर्शकों ये जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये ग्रह ग्रहों के गोचर के हिसाब से बता रहे हैं वास्तव में आपके जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं क्योंकि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति भिन्न भिन्न होगी चलिए को उपाय लिख लीजिए आप लोग बृहस्पति वाले दिन चने की दाल और गुड़ ये आपको जो है हर बृहस्पतवार को गाय को खिलानी रहेगी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच आप कभी भी कर सकते हैं प्रतिदिन बजरंग बाढ़ का आप लोगों को पाठ करना रहेगा एक पाठ आपको करना रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे सोमवार वाले दिन चावल ले लीजिएगा और दूध ले लीजिएगा ये भगवान शिव जी पर आपको चढ़ाना रहेगा और रुद्राष्टक के पाठ से चढ़ाना च़़ा, रहेगा रुद्राष्टक का पाठ क्या आप लोग गूगल कर लीजिएगा नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदा का तो ये रुद्राष्टक का पाठ है पूरा पाठ आप लोग गूगल कर लीजिएगा अब आते हैं अक्षय तृतीया जिसका क्षय अच्छा ना हो वही अक्षय अच्छा है तो अच्छे तृतीया के दिन आप लोग ऐसा कौन सा धनदायक प्रयोग करें कि लक्ष्मी साक्षात आपके तिजोरी में वास करें तो आपको करना क्या है अच्छे तृतीया के दिन श्री सूक्त का पाठ करना रहेगा पहली बात दूसरी बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि श्री सूक्त के पाठ से बिल्बपत्र और देसी घी एक नीचा जैसे पढ़िएगा ओम हिरण वर्णा हरणिम सुवर्णाम चंद्राम हिरण मई लक्ष्मी जातव आवाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा तो एक बिलपत्र लीजिएगा उसको देसी घी में डिप करिएगा और ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा बोल दीजिएगा और अच्छा प्रयोग हो सकता है यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं दूसरा अच्छा तृतीया के दिन आपको करना क्या रहेगा एक वाइट कपड़े में जी हाँ? सफ़ेद कपड़े में आपको करना क्या रहेगा ग्यारह छुहाड़े ग्यारह लौंग सात इलायची और एक उसमें आप एक अच्छी नारियल रख दीजिएगा इन सबको लक्ष्मी पूजन में अपने रखिएगा पोटली बांध के लक्ष्मी पूजन कैसे है तो वो भी हमारे चैनल पे है आप लोग जा कर के प्ले में देख सकते हैं या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं लक्ष्मी पूजन बाई अष्टोमी राशि तो खुल के आ जाएगा वो आप लोग ज़रूर करिए तो इसको फिर ये जो पोटली रहेगी इसको धन रखने के स्थान पर रखिए बस शर्त यही है कि प्रतिदिन इसको धूपबत्ती आप लोग जरूर दिखाइए तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये तुला राशि का कार्यक्रम आप लोग तो कमेंट के माध्यम से बताइए अभी तक यदि आप नए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बगल में जो घंटी बनी है बेल आइकन बना है इसको अभी तक आप लोगों ने दबा दिया होगा दर्शकों हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो एस्ट्रोबिद आशीष आप लोग फेसबुक पर सर्च करिए और उस पेज को जाकर के लाइक कर लीजिए क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उपाय होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं जो यूट्यूब पे हम नहीं डाल सकते हैं उसको फेसबुक पेज पे पोस्ट करते हैं तो हाँ उम्मीद करते हैं कि आप लोग फेसबुक पेज भी जाकर के हमारा लाइक कर लेंगे तो दर्शकों इस वीडियो को लाइक करिए इस वीडियो को जम कर शेयर करिए और हाँ जाते जाते आप सभी दर्शकों से विदा लेते हुए नमस्कार जय हिंद